तो इस हेलीकॉप्टर में हमारे मालिक हैं और इसमें दोनों से ना तो चलिए ये हेलीकॉप्टर पहले ये उड़ेगा ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा ये गया ये उड़ा ये भी गया ये उड़ा ये भी गया, ये ये भी गया। तो इन तीनों हेलीकॉप्टर्स के पीछे एक हेलीकॉप्टर है जो कि इन तीनों का दुश्मन है इसमें से अच्छा हेलीकॉप्टर ये है और ये तीनों उसके दुश्मन बुरे तो चलिए युद्ध शुरू होने वाला है ये उड़ रहा है ये भी उड़ रहा है ये इसने टक्कर मारी और धीरे से अपने बैलेंस बनाया और ये हेलीकॉप्टर गिर गया और फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर आया ये क्या हुआ अरे ये क्या हुआ इस हेलीकॉप्टर के पंखे में तो इस पहिए में तो इसका पंखा फंस गया तेरी अब ये कैसे निकलेगा ओ नो अच्छा हुआ छूट गया अब ये बच सकता है ये हेलीकॉप्टर भी गिर गया तो बचा आखिरी मंत्री जी का हेलीकॉप्टर तो इसे मारने के लिए सबसे पहले आएगा हम्म हम्म हम्म हम्म डायरेक्टली अगर अटैक कर दिया तो बच गया ये हमारा आखिरी हेलीकॉप्टर आखिर ये तीनों हेलीकॉप्टर मर गए ना इतनी आसानी से मर गए